गया मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता सब अपनी ज़िंदगी की परवाह है और जिसे ज़िंदगी की परवाह होती है मा कसम मारने का मजा आता है। कसम का मज़ा आता मैं पंद्रह मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ टेंशन नहीं लेने का पहुंचा दूंगा मां तक वापस आना तेरे काम है